अल्लाह मेरे भाई क्या हाल है आज हम बनाने लगे हैं पालक की पकौड़ी जो बहुत ईजी और साफ और लजीज बन मज़ेदार बन जाएंगी तो सबसे पहले हमें करना क्या है बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी तो बहुत ही शायल है बनाने की लेकिन बेहतर है कि आप पालक और थोड़ी एक प्याज डालेंगे इसमें छोटी सी और उसके अंदर जो है पालक के अंदर फिर हम जो है यहाँ पर ये चिकन इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा उबालेंगे सादे पानी में थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके ठीक है तो आपको दिखाते हैं पहले हम इसको बोल आ, उबलने के लिए रख देते हैं चिकन को उसके छोटे छोटे पीस करेंगे पहले उसके बाद में हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक इसको थोड़ा सा अच्छे से उबलने देंगे उसके बाद में हम इसको उतार लेंगे फिर इसके छोटे छोटे पीस करेंगे बस चिकन पकौड़ी बहुत ही आसान है बहुत सिंपल है और सर्दियों का मौसम हो बारिश हो और चाय ना हो और पकौड़ी ना हो तो बेकार है तो इसलिए आइए इस्टेप स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे किस तरह से बना दिए चलिए तो जी हमारा चिकन टेंडर हो चुका है इसको हमने क्या करना सीधा छोटा छोटा सा इसको जो है इस तरह से टुकड़े कर लेने इस तरह से। जिस तरह से स्लाइसी प्याज होती है ना इस तरह से प्याज को सलाइस में काटते हैं इस तरह से इसको कर लेंगे बस छोटे छोटे टुकड़े इसके इस तरह से ये स्टेप मैं अपने चिकन वाले ब्रेड में भी बता चुका हूँ जो चिकन ब्रेड बनाए थे मैंने मैनी सॉस के साथ में उस टेप उसमें भी बता चुका हूँ ये आप वीडियो देख ले जाके और एक छोटी छोटे साइज़ की प्याज और एक चम्मच चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स करीब ढाई सौ ग्राम के करीब इसमें बेसन जाएगा तो ये काफ़ी है हल्का सा पानी पालक पानी छोड़ेगा ये ये लो जी हमारा रेडी हो चुका है अब बस फ्राई के लिए तेल वर्ग तेल गरम करते हैं थोड़ा सा जी तेल हमारा रेडी है मुमकिन चेक करते हैं अभी जी हाँ तेल रेडी है माशा तो कुछ इस तरह से इसके लड्डू बनाएंगे गोल गोल से हल्के से और छोड़ देंगे इस तरह से अब ये हम इसको स्लो कर देंगे बस ताकि ये जले ना वही माशाल्लाह ये तैयार एक कलर भी जबरदस्त माशाल्लाह चाय भी रेडी है और जी पकौड़ी भी और सौस भी सब चीज़ रेडी है तो एक मशाला चाय भी रेडी है